जीवन का कमाइल सौंप दिया जीवन का कमाइल सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों तो में उधार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों तो में उधार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों तो में हम हमें, में हमें तुम मे भेद यहीं हम नर हैं तू नारायण हो हम हमें, हमें तुम, हमें तुम हमें में भेद यही हम नर हैं तू नारायण हो हम हमें तुम में खेद यही हम नर हैं तू नारायण हो हम संसार के हाथों में हम संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में गोधर तो पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे अब मेरा है सरकार तुम्हारे हम है तुमको कभी न भजते फिर भी तू हमें कभी न तजते हम है तुमको कभी न भजते फिर भी तू हमें कभी न तजते उपकार हमारे, हमारे हाथों में उपकार हमारे हाथों में उपकार कुम्हारे हाथों में उधार पथ में अब मेरा है सरकार हाथों में वो धर पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में जीवन का मैंने सौंप दिया जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार कुमार हाथों में ओधर पतन अब मेरा है सरकार उधर पथन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में